नमस्कार ओम नमो भगवते वासुदेवाय दर्शकों वार के अधिपति देव भगवान विष्णु है तो उनका ध्यान करना बहुत जरूरी होता है दर्शकों तेईस जनवरी का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया सवेरा लेकर के आया इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दर्शकों पंचांग पर आगे बढ़ते हैं विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सक संबत्त नामक संबत्त सर चल रहा होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर तेईस जनवरी दिन गुरुवार रहेगा और तिथि जो रहेगी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि चतुर्दशी को सहेद और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में यह स्पष्ट उल्लिखित है साथ ही साथ दर्शकों नक्षत्र रहेगा पूर्वासाढ़ा इसके बाद करण जो रहेगा ये वृष्टि रहेगा और शक्नीकरण रहेगा योग रहेगा हर्षण योग शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से बारह बजकर उनतालीस मिनट तक की साथ ही साथ आज अमृत काल रहेगा रात को आठ बजकर मिनट से दस मिनट तक की अशुभ समय पर आते हैं जो कि राहु काल के नाम से जाना जाता है तो आज दोपहर एक बजकर सैंतीस मिनट से दोपहर दो, दो बजकर सत्तावन मिनट का समय रहेगा यह रहेगा राहु काल गुरुवार दिन रहेगा दिशा रहेगा दक्षिण दिशा की ओर तो दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा करना पड़ जाए तो केसर का सेवन हल्दी का जो है आप तिलक लगा लीजिएगा और दही का सेवन करके आप लोग यात्रा करिएगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये धनु राशि में रहेंगे और सूर्यदेव जो ये चलायमान रहेंगे ये मकर राशि अपने पुत्र की राशि में है गुरु और चंद्रमा का गज योग का उत्तम संयोग आज बना हुआ है दर्शकों दिशा के बारे में हमने जो बताया था कि दिशा की ओर आज आपको यात्रा नहीं करनी है तो पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पग चल लीजिएगा फिर आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी रहेगी बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है, है मेष राशि तो मेष राशि के जात आज आपका दिन लाभदायक सिद्ध होगा आज भौतिक सुख के साधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर से आज, आज आपका जो खर्च है ये आपके बजट से अधिक होगा फिर भी आज व्यापार में उन्नति के योग सितारे दिखा रहे हैं साथ ही साथ रुके हुए धन की आज, आज आपको प्राप्ति होती हुई दिख रही है आज, आज आप अपनी कल्पना को साकार रूप देने में सफल रहेंगे लेकिन प्रेम प्रसंगों से बचकर रहें धन के साथ साथ आज, आज आपको कुछ मानहानि हो सकती है आज आपका कार्यक्षेत्र पर दबदबा रहेगा उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे आज आपको आपको डिसीजन डिसीजन कुछ ऐसे केस आएंगे कि तुरंत लेना रहेगा तो सोच समझ के कोई मन इच्छित कार्य होने से जो है मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी पेट में जलन गैस एवं आंख संबंधी कोई समस्या आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा एक वही वृषभ राशि के जात को आज आपका दिन आनंददायक रहेगा पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही आज आपका बुद्धि विवेक जागृत रहेगा प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आज हानि अथवा धोखा मिलने की संभावना ना के बराबर रहेगी आज शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी आप लोग चुस्त रहेंगे व्यापार अच्छा चलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी फिर भी आज आर्थिक विषयों में बड़ों की सलाह लेकर के कार्य करें तो बेटर रहेगा किसी इच्छित कार्य के पूर्ण होने से मन में खुशी रहेगी आज बेरोजगारों को थोड़ा सा प्रयास करने पर रोजगार प्राप्ति संभव है किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर की आज कुछ जॉब मिल सकती है, मित्रों अथवा परिजनों के के साथ बाहर घूमने प्रसंग बन सकते हैं। रक्तचाप की आज आपको शिकायत हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का चढ़ाना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा तीन जेमिनी मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आज सफलता मिलेगी कि कि किसी नए रोजगार का जो है सृजन हो सकता है किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आज आपको नहीं पड़ना रहेगा दांपत्य जीवन में आज आपके खुशहाली रहेगी कार्यक्षेत्र पर भी आज आपके अपने निर्णय के कारण आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज आपको जो है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं भागीदारी के कार्यों से आज हानि संभव है आर्थिक रूप से दिन आपका सामान्य से अच्छा रहेगा संतान की आज मनमानी से कुछ आपका मन विचलित हो सकता है तो संतान पक्ष पर विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं धैर्य रखिएगा है गुस्सा मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छे हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कैंसर जी हाँ कर्क राशि कर्क राशि के जात को सबसे पहले तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए आज का दिन आपके लिए शुभ फलदाई रहने वाला है आज आपको प्रातः काल से धन लाभ की संभावनाएं बनने लगेंगी लेकिन टलते टलते मध्यान्ह के आसपास ही धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज व्यापारियों को दैनिक लाभ के अतिरिक्त भी इनकम के अवसर मिलेंगे नए अनुबंध मिलने से भविष्य की आर्थिक योजनाएं आपकी फलीभूत होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ कोई अधूरा कार्य जो है ये आपका पूर्ण होगा और मन आपका बड़ा हर्षित रहेगा आज आप अध्यात्म एवं गोढ़ रहस्यों में भी रुचि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा संतान के किसी मामूली बात पर संतान से किसी मामूली बात पर मतभेद या मनभेद हो सकता है गले अथवा मूत्र विकार से संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो कर्क राशि के जातकों आज आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि ओम नमो नारायणाय यह मंत्र है इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना रहेगा सिंह राशि सिंह राशि के जात को आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन के आरंभ भाग में फिजूल जो है खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ कार्य क्षेत्र पर काम करते समय भी मन कहीं और ही रहेगा शारीरिक रूप से भी आज आपके मन में शिथिलता और आलस का अनुभव होगा मध्याह्न पश्चात स्थिति सुधरेगी धन की आमद होने पर आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी आज बीते कुछ दिनों से दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कड़वाहट व भ्रम दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके संबंध मधुर रहेंगे आज कोई मोशन इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को गाय को रोटी में हल्दी लगा करके, और शहद लगा करके खिलाना रहेगा रहे रहे येगा रहे तीन हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जात को आज आपका दिन का अधिकांश भाग कार्य करते हुए भी आनंददायक व मनोरंजन में पीतेगा कार्य क्षेत्र पर कई दिनों से बन रही जो बाधाएं थी ये दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे नए नए प्रयोग आज आप नए नए आविष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या सॉफ्टवेयर कंपनियों में जुड़े हुए हैं या टेलीकॉम सेक्टर में जुड़े हुए हैं इनको आज कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही व्यक्तिगत रूप से नौकरी करने वाले एवं व्यावसायिकों के लिए आज का दिन धन लाभ की तुलना में बहुत अधिक सम्मानदायक रहेगा मतलब बेतहाशा धनलाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दांपत्य जीवन का सुख भी आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है छोटी मोटी बातों को यदि छोड़ दिया जाए तो दिन का जो है सारा भाग उत्तम रहेगा खर्च आज, आज आपके अधिक बढ़ सकते हैं कोई नए वाहन इत्यादि की क्रय वगैरह आप कर सकते हैं उत्तम भोजन व उत्तम पर्यटन का सुख मिलेगा उपाय के तौर पर आज, आज आपको करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को देखिए नारायण कवच का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष पर जल में हल्दी डालकर जलार तो के जलार्पण करिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा ये रहेगा हमारी जो अगली अड़चने आएंगी पूर्व में किए गए निवेश का धन फंसने अथवा हानि होने से मानसिक व्याकुलता रहेगी नए अनुबंध सोच समझ कर हाथ मेलने तभी ठीक है आज आत्मविश्वास और सहयोग की कमी रहने से कार्य हानि की संभावना अधिक है आर्थिक लेनदेन आज ना करें विशेषकर आज किसी से उधार लेने से जो है और उधार देने से आपको बचना रहेगा धार्मिक कार्यों एवं सामाजिक समारोहों में धन एवं समय आज आपका दोनों लगेगा परिवार का वातावरण आज आपका अच्छा रहेगा छोटी मोटी बातों पर परिजनों के साथ कुछ मतभेद आपके उजागर हो सकते हैं सेहत में आज थोड़ा थोड़ा जो है सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो बृहस्पति कवच का पाठ करिए साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ वृश्चिक राशि आज आपका दिन मिश्रित फलदायी रहेगा दिन के पूर्वार्ध में समाज के श्रेष्ठ लोगों से पहचान रहेगी परंतु घर के ही किसी सदस्य को इससे परेशानी हो सकती है फिर भी निकट भविष्य को देखते हुए लाभदायक रहेगा आज कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आज आपको कार्य क्षेत्र में धन लाभ होने के योग बन रहे हैं शेयर मार्केट एवं सत्ते में निवेश से आकस्मिक लाभ हो सकता है वैसे भी आज का जो दोपहर बाद का समय है आकस्मिक धन लाभ का है कोई आपकी लॉटरी लग सकती है किसी प्रकार के शेयर में उछाल आता है उससे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्रोधी स्वभाव के कारण परिजनों के साथ व्यर्थ विवाद होने से रंग में भंग की स्थिति बनेगी लंबी दूरी की यात्राओं के प्रसंग से आज आपको बचना रहेगा अग्नि से अग्नि भय है तो अग्नि से सावधानी रखिएगा उपाय तो गाय को एक दर्जन केला लीजिए और आज आप लोग खिला दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक थानु राशी, थानु राशी के आज का दिन आपको अनुकूल फल देगा आज आपका स्वभाव एवं व्यवहार बनावटी रहेगा दिखावा आज आप लोग अधिक पसंद करेंगे छोटी छोटी उपलब्धियों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके आज आप लोग पेश करेंगे समाज में दिखावे की प्रतिष्ठा बढ़ने से दिन भर आज आप लोग मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे आरोग्य अच्छा रहेगा स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहेगा लेकिन घर में आज जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है अशांति का वातावरण छाया अच्छा रह सकता है आज नई योजनाएं हाथ में आएंगी फिर भी आज आर्थिक लाभ के लिए आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो केसर का तिलक साहब मस्तक जिब्भा नाभी पर आप लोग लगाइए साथ ही साथ आज के दिन आप लोग जो है मीठा चावल ये गाय को खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाइट ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि बिल्कुल सही सुन रहे हैं और फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए आपसे उम्मीद है तो मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा दिन के आरंभ से ही किसी अन्य के काम से आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे फिर भी तुरंत कोई निष्कर्ष निकलने पर जल्दी से आप मायूस हो सकते हैं आज अन्य लोगों की जगह अपने काम पर ध्यान देंगे तो आपका दिन बेहतर बीतेगा अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा नौकरी पेशाओं को जो है आज कुछ कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है आज अपने काम से काम रखिएगा अर्थ लाभ के लिए आज विशेष परिश्रम करने पर ही आशा से आपको कुछ कम ही सफलता प्राप्त होगी व्यर्थ की यात्राओं थकान भरी रहेगी आज किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है अथवा किसी प्रकार की बीमारी पर आपका धन व्यय हो सकता है पारिवारिक वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए साथ ही साथ नारायण कवच का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा एक एक्वायर्स कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को आज आपका दिन थोड़ा सा अशुभ रहेगा पूर्व में बढ़ती लापरवाही एवं असमित खानपान पान आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम कर सकती है कोई गैस्ट्रिक समस्या आपको आ सकती है सर से रिलेटेड गैस से रिलेटेड कमर घुटनों की समस्या से मन में बेचैनी रहेगी आज दिनचर्या थोड़ी सी धीमी गति में रहेगी धन अथवा किसी प्रियोजन संबंधी अशुभ समाचार मिलने से मन आपका चिंताग्रस्त रहेगा आज अपनी गलतियों का दोष किसी अन्य पर थोपने पर निजी संबंधियों से अनबन हो सकती है आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभ की तुलना में खर्च अधिक रहेगा आज लोहे के औजारों एवं अग्नि से जुड़े हुए कार्यों में विशेष सावधानी रखिएगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए दूध में काला तिल डालकर के भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए ओम जूम सन्त्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं पाइसेस जी हाँ मीन राशि आज का दिन आपके लिए लाभदायी रहेगा आज प्रातःकाल के समय दिनचर्या थोड़ी सुस्त रहेगी लेकिन मध्यान्ह आते आते गति पकड़ लेगी कम समय में बेहतर कार्य करने पर अधिकारी एवं सहकर्मियों से आज आपको प्रशंसा मिलेगी आज कोई भी कार्य हो आप अपने जो है बल पर बुद्धि बल पर उसे पूर्ण कर लेंगे आज शेयर मार्केट एवं गोल्ड में सराफा व्यवसायियों को जो है सरकारी कार्य से लाभ होगा अन्य व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी संतोषजनक लाभ हो सकता है आज किसी सामाजिक कार्य अथवा धर्म क्षेत्र में एवं श्रम करने से भी सम्मान में वृद्धि होगी घर में मित्र रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल रहेगी नए मेहमान का आगमन आपके घर में हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको धर्म स्थान पर जाकर के श्रम दान करना रहेगा साफ सफाई करनी रहेगी साथ ही साथ आज किसी ब्राह्मण के पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए और ब्राह्मण को कुछ आज आपको मीठा देना है भोजन करने को शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला येलो कलर की हाँ सही सुन रहे हैं शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल 2020 सभी राशियों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है प्रेम राशिफल पड़ चुका है कैरियर राशिफल पड़ चुका है मनी राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है मूलांक के आधार पर भी राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम